ओम देवा चार नाम गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रैलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम नमस्कार दर्शकों मैं ज्योतिर्विद आशीष वक्त लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष दिनांक 19 मार्च का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सभी श्रोताओं के मन में दर्शकों के मन में तमाम यक्ष प्रश्न उठते हैं कि पंडित जी ये राशिफल किस पर आधारित है तो ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है दर्शकों 19 मार्च दिन गुरुवार का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा क्या कुछ आज लेकर के आया इस पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ आज का पंचांग क्या है इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं तो देखिए दर्शकों चैत्र कृष्ण पक्ष की आज जो तिथि रहेगी ये एकादशी तिथि रहेगी दर्शकों एकादशी तिथि के दिन ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण में साथ ही साथ जो है पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि किसी भी प्रकार के चावल का सेवन नहीं करना चाहिए साथ ही साथ जो मसूर होता है मसूर का भी सेवन नहीं करना चाहिए इसकी मनाही रहती है साथ ही साथ दर्शकों आज गुरुवार दर्शकों नक्षत्र की बात करते हैं तो उत्तराशा रहेगा वही बब और बालो का रण रहेगा परी और शिव योग के साथ आज जो शुभ समय रहेगा आप लोगों के लिए ये सुबह ग्यारह पचास से लेकर के बारह अड़तीस तक की अभिजीत मूर्त रहेगा इसमें आप लोग शुभ कार्यो को कर सकते हैं साथ ही साथ आज का जो अशुभ समय रहेगा कि सूर्यदेव तो का ऑलरेडी मीन राशि में संचरण कर रहे हैं दिशा की बात करें तो गुरुवार को दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए दक्षिण दिशा की ओर दिशा रहता है यदि कर नहीं पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा केसर का सेवन करके हल्दी का तिलक लगा करके पहले आप लोग उत्तर दिशा की ओर चार पग चलिएगा उसके बाद आपको दक्षिण दिशा की ओर चलना रहेगा तो ये तो था दर्शकों हमारा पंचांग जो कि पांच अंगों से मिलकर के बना था तिथि वार नक्षत्र योग करण अब पढ़ते हम अपने राशिफल की ओर की जो है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज जो है राशिफल तो देखिए जो हमारे मेष राशि के जातक हैं इनके लिए आज हम बताते हैं कि मेष राशि के जातक आज आपको कोई एलर्जी की समस्या से जो है जूझ रहे जो लोग हैं इनको अपना विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं धन संबंधी किसी मामले को लेकर के आपके मन में कोई जो है अज्ञात भय हो सकता है घबराहट हो सकती है कार्य क्षेत्र पर आज काम को लेकर के अपने सहयोगियों के साथ थोड़ा सा सख्त रहिएगा साथ ही साथ घर के काम में आज आपकी कोई मदद करेगा आज किसी के साथ यात्रा पर जाकर के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामों को ले करके आज जो है आपको कुछ आर्थिक मदद प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है आज आपके रिलेशनशिप मजबूत होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो बृहस्पति कवच का आप लोग पाठ करिए आपके लिए शुभ अंक रहेगा ये रहेगा छः शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और आज जो भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा बहत्तर हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि देखिए वृषभ राशि के जातकों आज सेहत में नो no डाउट सुधार होगा आपके किसी चीज में किए गए निवेश से आज, आज आपको धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर के आज, आज आप लोग के मन में कुछ चिंता हो सकती है साथ ही साथ परिवार में शांति का माहौल रहेगा कहीं छुट्टियों पर जाने का योग बन रहा है और किसी प्रॉपर्टी में किया गया निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है आज के दिन प्रेम संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है प्रेमी अपने जो है प्रेम संबंधों पर सख मत करिएगा नथा फिर जो है ये प्रेम संबंध आपके जो है ब्रेकअप भी हो सकते हैं आज के लिए उपाय क्या करना रहेगा तो आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करिए आपके लिए शुभ अंक रहेगा चार शुभ कलर आपके लिए रहेगा नेवी ब्लू कलर और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा आज छाछठ मिथुन राशि के जातकों आज आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल में करिए अन्यथा आप लोग मधुमेह के शिकार हो सकते हैं पेट से संबंधित कोई आपको बीमारी व्याधि हो सकती है अपने बजट के अंदर ही आज आप लोग कोई जो है महंगी चीजें एक्सपेंसिव चीजें क्रय करते हुए दिखाई दे रहे हैं कोई नया वाहन इत्यादि कोई नया भूमि का टुकड़ा आज आपको प्राप्त हो सकता है कार्य पर आज आत्मविश्वास के साथ आप लोग जो है काम करेंगे माता पिता किसी बात पर आज आपको डांट डपट सकते हैं तो किसी भी कार का जो है आ, मतलब गलत वे में उनकी जो है आप डांट को मत लीजिएगा आज खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर के जो परिवार में विवाद आ रहा है वो सुलझ सकता है पढ़ाई के लिए दिन बेहतर रहेगा और आज आपके जीवन साथी आपकी हर चीजों में मदद करेंगे आज आपको उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग गाय को बेसन से बने हुए लड्डू खिलाइए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा वायलेट कलर शुभ अंक रहेगा आठ और जो भाग्य का प्रतिशत रहेगा यह रहेगा सेवेंटी कर्क राशि के जात क्या कुछ कहते हैं आज आपके तारे और सितारे तो कर्क राशि के जातकों अपने खान पान की आदतों पर यहाँ पर ध्यान रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं धन के अच्छे योग बन रहे हैं कार्य क्षेत्र पर आज आप अपनी चीज़ों पर नज़र रखें तो बेहतर रहेगा परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा किसी प्रॉपर्टी को यदि खरीदने की आप लोग सोच रहे हैं तो उसको आज आप लोग क्रय कर सकते हैं किसी भी सूचना को आज आप लोग अपने तक ही सीमित रखिएगा अन्यथा बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर राज की बात किसी को बताएंगे साथ ही साथ आज आपका जीवन साथी आपको कोई सरप्राइज दे सकता है। है, उपाय के के तौर पर आपको करना क्या रहेगा? रहेगा तो आज के दिन आप लोग जो है चीटियों को शक्कर मिश्रित आटा डालिए। आपके लिए शुभ अंक सात और शुभ कलर रहेगा ये रहेगा मेहरून कलर आपके लिए भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा आज तिरसठ परसेंट सिंह राशि के जातकों क्या कुछ कहता है आज आपके जो है तारे और सितारे तो सिंह राशि के जातको सेहतमंद रहने के लिए आज आप लोग जो है स्वास्थ्य का लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे धन संबंधी सभी परेशानियां आज, आज आपकी दूर होंगी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज थोड़ा सा संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ रहे साथ ही साथ घर में कुछ बदलाव आज आप लोग कर सकते हैं विदेश जाने के योग बन रहे हैं आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा अपने साथी के साथ आज के जो है दिन आप लोग कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कोई महंगे आइटम कोई महंगी जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजों से संबंधित जो है आप लोग जो है कोई गिफ्ट इत्यादि खरीद सकते हैं कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आज आपके पक्ष में फैसला हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग जो है नारायण कवच का पाठ करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा येलो कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा पचहत्तर प्रतिशत अगली राशि आती आती कन्या राशि कन्या राशि के जात को सेहत में सुधार होगा आर्थिक स्थिति आज आपकी मजबूत होगी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है परिवार में किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है लेकिन शाम तक की यही मतभेद दूर होगा आज किसी को अपने वाहन में लिफ्ट देने से आपको बचना रहेगा अन्य आज आप लोग किसी ठगी के शिकार हो सकते हैं आज कोई प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी साथ ही साथ आज के दिन किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग महामृत्युंजय का पाठ करके तब घर से बाहर निकलिएगा साथ ही साथ केसर का तिलक मस्तक जिबाना नाभि पर जरूर लगाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा नेवी ब्लू शुभ अंक रहेगा चार और भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा ये रहेगा पचासी प्रतिशत बढ़ते हैं आप अपनी नेक्स्ट राशि पर हमारी अगली राशि आती है या लिब्रा अर्थात तुला राशि तुला राशि के जात आज किसी बीमारी में चमत्कार रूप से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है लोन चुकाने में यदि कोई समस्या आ रही थी तो आज दूर होती हुई दिखाई दे रही कार्यक्षेत्र पर क्या कहते हैं कोई अनोन पर्सन ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है आप लोग किसी की तरफ जो है आकर्षित हो सकते हैं कोई नए प्रेम संबंधों की शुरुआत आज आपके जीवन में हो सकती है आज का दिन परिवार में जो है आ, क्या कहते हैं एक दूसरे से मिलने का दिन है गलत फहमियों को दूर करने का दिन है तो किसी से यदि मतभेद चले आ रहे थे तो आप लोग उनसे अपने मतभेद समाप्त कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तुला राशि के जात को देखिए तुला राशि के जात को आज के दिन आप लोग विष्णु सहस नाम का पाठ करिए पहली चीज दूसरी चीज़ ये रहेगा कि सवा मीटर पीला कपड़ा ये आप लोग जो है धर्म स्थान पर दान करिए आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा तीन शुभ कलर रहेगा ये रहेगा क्रीम कलर भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा उनहत्तर वृश्चिक राशि के जातकों कैसा रहेगा आज का दिन तो सेहत को लेकर के आज सजग रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं किसी चीज़ में निवेश करने से पहले अच्छे से आप लोग सोच लीजिएगा फिर निवेश करिएगा कार्यस्थल पर चली आ रही समस्याएँ और तनाव ये दूर होंगे साथ ही साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का आज आप लोग मन बना सकते हैं किसी नई जगह पर आज जाना हो सकता है समाज में नई चीज़ों को आज आप लोग अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ मन में चिंता का भाव हो सकता है उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो आज के दिन आप लोगों को जो है चने की दाल सवा किलो चने की दाल किसी ब्राह्मण व्यक्ति को दे दीजिए और आज कोशिश कीजिएगा कि नमक एवाइट करिएगा आपके लिए शुभ अंक रहेगा छः और आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये लाइट ग्रीन रहेगा साथ ही साथ आज जो भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये आपके लिए छिहत्तर रहेगा हमारी अगली राशि आती आती है धनु राशि देखिए धनु राशि के जातकों सेहत के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है धन संबंधित आज आपकी समस्याएं दूर होंगी कार्य क्षेत्र पर चीज़ों को लेकर के आज आप लोग सतर्क रहिएगा परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा किसी यात्राओं पर यदि जाने वाले हैं तो आपका कोई सामान छूट सकता है तो अच्छे से अपने जो लगेज की लिस्ट होती है इसको चेक कर लीजिएगा किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में यदि सोच रहे हैं तो समय अच्छा है आप लोग निवेश कर सकते हैं प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा कोर्ट कचहरी के संबंधित मामलों में जो फैसला होगा ये आपके पक्ष में आ जाएगा आपको उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग कोशिश कीजिए कि दो चार या दस ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनको आप लोग कुछ भोजन करा सकते हैं उनका पेट भर सकते हैं तो निश्चित रूप से ये उपाय आप करिए हल्दी का तिलक मस्तक पर लगा करके तब घर से बाहर निकलिएगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा मेजेंटा साथ ही साथ जो भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा तिरासी अगली राशि आती है ये आती है हमारी कैप्रिकॉन अर्थात मकर राशि देखिए मकर राशि के जात को सेहतमंद रहने के लिए आज आप लोग एक्सरसाइज करें तो बेहतर रहेगा धन संबंधी मामलों में निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना आपके लिए जो है काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा कार स्थल पर कोई मामला को अच्छे से समय नहीं दे पाएंगे साथ किसी के साथ चली आ रही, गलत फहमिया आपकी दूर होगी अपने साथी के साथ आप लोग अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो आज पीपल के वृक्ष पर आपको जल में अः एक चुटकी हल्दी थोड़ा सा शहद गुड़ और कोई पीला पुष्प ले लीजिएगा डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से अर्पण करिएगा साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक सौ बार आज आपको जाप भी करना रहेगा आपके लिए शुभ अंक रहेगा पाँच और शुभ कलर रहेगा ये रहेगा डार्क ग्रीन और भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा ये आपके लिए रहेगा तिरसठ अगली राशि आती है हमारी ये आती है कुंभ राशि कुंभ राशि के जात सेहत के मामले में लेकर के आज आपको अलर्ट रहना है कोई छोटी सी भी लापरवाही आज, आज आपको भारी पड़ सकती है आर्थिक स्थिति आज आपकी काफी मजबूत और सशक्त रहेगी कार्य क्षेत्र पर आज आपके काम को लेकर के कोई सीनियर्स आपसे नाराज हो सकते हैं परिवार में चली आ रही गलत फहमियाँ दूर होंगी नए दांपत्य संबंधों का निर्वहन हो सकता है नए घर की आज आप लोग साथ सज्जा कर सकते हैं किसी काम को आज आप लोग पूरे दिल से नहीं कर पाएंगे साथ ही साथ यदि आज आप किसी को प्रेम करते हैं तो उनसे अपने प्रेम का इजहार इत्यादि भी कर सकते हैं आज का दिन कुल मिला करके आपके लिए मध्यम रहने वाला है उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो आज के दिन देखिए धर्म स्थान पर सवा मीटर पीला कपड़ा सवा मीटर चने की दाल और हल्दी की दो गाठ ले लीजिएगा इसको आप लोग दान कर दीजिए आपके लिए शुभ अंक रहेगा नौ शुभ कलर आपके लिए रहेगा क्रीम और दर्शकों आज जो भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये आपके लिए रहेगा 77 प्रतिशत अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती, आती है अर्थात मीन राशि देखिए मीन राशि के जात को सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा आज किसी एग्जाम्स इत्यादि में आप लोग पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आय के कोई नए स्रोत आपके खुल सकते हैं परिवार के किसी बड़े सदस्य की सेहत में सुधार होगा किसी यात्राओं पर जाने के योग बन रहे हैं प्रॉपर्टी कोई डील आज आपके बजट में अच्छी सी हो सकती जिसको आप लोग क्रैक कर सकते हैं लंबे समय बाद किसी से मिल करके आपकी पुरानी यादें जो हैं ताजा हो सकती हैं आपको आज अपने जीवन साथी के मूड का ध्यान रखना होगा साथ ही साथ आज आपके धन का एक हिस्सा आपके वाहन में जो है लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज के दिन माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा यात्राएं रहेंगी और किसी दूसरों के लड़ाई झगड़े में आज आपको उलझना नहीं है उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोगों को भगवान भास्कर को अर्घ देना रहेगा और भगवान भास्कर के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्त्रोत और बृहस्पति कवच का पाठ आपको वहीं पर पढ़ना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो और भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा यह रहेगा तिहत्तर तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से हमें बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आप सभी लोगों का दिन शुभ हो